दस रुपए में आप ऐसा क्या खरीदोगे जिससे पूरा कमरा भर जाए जवाब सोचने के लिए आपके पास दस सेकेंड का समय है क्या आपने जवाब सोच लिया है तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है उत्तर है माचिस और मोमबत्ती